हेलो गाइस आई होप कि आपको आवाज आ रही हो तो आज मैं जिस एप की बात करने वाला उसका नाम है विडमेट करते हैं इसे ओपन तो अगर आपको इसमें कोई भी लेटेस्ट मूवी आई हो तो वो डाउनलोड कर सके जैसे कि मैं मूवीज में जाता हूं और डाउनलोड करते हैं रिटर्न्स इसमें आपको सभी लेटेस्ट मूवीस मिल जाएंगी और यहाँ पे अगर आपको अपनी वीडियो अपलोड करनी हो पे आप थोड़ा अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और नीचे चले जाइए एक ऑप्शन आता है राइट मोर साइट टेल अस तो वहाँ पे अपना YouTube की साइट का URL और आपकी चैनल का नाम लिख दीजिए जिससे कि आपकी चैनल पे लाखों व्यूज और व्यू मिनट्स भी आ सकते हैं और अगर आप अच्छे म्यूजिशियन हैं और म्यूज़िक आपको सबसे पहले डाउनलोड कराया तो आप इससे डाउनलोड भी कर सकते हैं वीडियोस भी शायद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि अभी वेरी बेड कनेक्शन दिखा रहा है इंटरनेट स्पीड इतनी फास्ट है तब भी तो ख़त्म करते हैं आज की लाइव स्ट्रीम अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।